और अब खबर सियासत की अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है उससे पहले हर घर पर दस्तक देने के लिए कांग्रेस ने घर चलो अभियान की शुरुआत की है इस अभियान में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मतदाताओं के घर पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस ने चुनावी तैयारी के लिए घर घर चलो अभियान को शुरू किया है जिसके तहत कांग्रेस तो नेता और कार्यकर्ता मतदाताओं से उनके घर जाकर मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को जान रहे हैं भोपाल में कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पी शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की जगह जगह जनता की समस्याओं को कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने सुना अभियान के दौरान पीसी शर्मा ने कहा जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें कांग्रेस सड़क से सदन तक उठाएगी इस दौरान कांग्रेस नेता अपने 15 महीने की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां जनता को बता रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष के आह्वान पर ये घर घर चलो अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है हम लोग कमलनाथ जी देवास पे कर रहे हैं हम लोग भोपाल में कर रहे हैं रोशनपुरा पे ये एक प्राइम जगह है लेकिन यहाँ के लोग भी परेशान हैं जिनसे पूछा गया कि रसोई गैस एक हज़ार डीजल पेट्रोल सौ पार और रोज़गार है नहीं छोटी छोटी दुकान लगा के अपना पेट पाल रहे हैं अभी उनने बताया कि गुंडागर्दी भी है यहाँ पर तो रोजगार है नहीं गुंडागर्दी अलग है लोग वसूली करने आते हैं और महंगाई कम होना चाहिए ये बात है जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो सौ यूनिट सौ में मिलती थी आज सैकड़ों हजारों के बिल आ रहे हैं और अभी एक ने बताया कि बिजली काट दी थी वो हमको कर्जा लेके बिल जमा किया तब बिजली चालू हुई है तो ये हालत है ये घर घर जब बताएंगे लोगों को तो उनके उसमें आएगी और एक मिस कॉल भी करा रहे हैं जो ये महंगाई के खिलाफ इनका एक आह्वान होगा इसलिए आप घर घर जा रहे हैं संगीत किस्हरियों ऐसी सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पेड़ों ऐसी नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी ऐसी मेहनों तक ठेलों ऐसी मेलों तक